एक की से की गई ये को ले जाने में सक्षम है किलोमीटर की रफ्तार वालीज है पांच हजार किलोमीटर तेईस सितंबर को इस मिसाइल का ओपन टेस्ट होने जा रहा है और फिर से भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा इस ओपन टेस्ट की वजह से चीन खौफ में है और इसकी तीन वजह है पहली वजह ये की इससे न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है दूसरी वजह ये कि इसकी जद से चीन का शायद ही कोई शहर बचेगा और तीसरी वजह ये कि ये अकेला उड़ेगा लेकिन कई टारगेट तबाह करेगा तो भारत के इस ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाली अग्नि-5 मिसाइल की ताकत क्या है यह भारत की पहली और एकमात्र इंटर बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने बनाया है यह भारत के पास मौजूद लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है यह मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिएक्टिव व्हीकल यानी एम आई से लेस है यानी एक साथ मल्टीपल टारगेट के लिए लॉन्च की जा सकती है अपने साथ डेढ़ टन तक न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है इसकी स्पीड मैक ट्वेंटी है यानी आवास की स्पीड से भी चौबीस गुना ज्यादा इसके लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया अब बात इस मिसाइल के इतिहास की यह अग्नि सीरीज की पांचवी मिसाइल है उन्नीस अप्रैल दो हजार बारह को उड़ीसा में इसका पहला टेस्ट किया गया था जो सफल रहा जनवरी दो हजार पंद्रह में मिसाइल का पहला कैनेस्टर टेस्ट किया गया फिर 10 दिसंबर 2018 को मिसाइल मिसाइल का आखिरी टेस्ट टेस्ट किया गया। अब तक इस के सात किए जा चुके हैं और सभी सफल रहे हैं वैसे साल 2020 में अग्नि-5 को सेना में शामिल करने की तैयारी थी लेकिन कोरोना की वजह से टेस्ट में देरी हुई अब मिसाइल लॉन्च हो और पड़ोसी मुल्कों की कोई प्रतिक्रिया ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो इसके टेस्ट को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजान ने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में सभी का साझा हित है हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष इस दिशा में रचनात्मक प्रयास करेंगे भारत न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास नहीं कर सकता है इस बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यू के प्रस्ताव ग्यारह में पहले ही स्पष्ट नियम है चीन यूएनएससी के जिस प्रस्ताव की बात कर रहा है वो जून उन्नीस में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण के बाद लागू किया गया था इस प्रस्ताव में भारत और पाकिस्तान की ओर से परमाणु कार्यक्रम को बंद करने किसी भी तरह का परमाणु परीक्षण नहीं करने और न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों के डेवलपमेंट को रोकने का आग्रह किया गया था हालाँकि भारत इस प्रस्ताव को मानने के लिए बाधीन नहीं है तेईस सितंबर को ओपन टेस्ट के बाद अग्नि-5 को भारतीय सेना में शामिल कर दिया जाएगा और रूस अमेरिका चीन फ्रांस इसराइल ब्रिटेन और उत्तर कोरिया के साथ साथ अब भारत भी दुनिया के उन अनेट देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास न्यूक्लियर हथियारों से लेस इंटर बैलिस्टिक बेलिस्टिक मिसाइल है यानी कुल मिलाकर अग्निफाइव युद्ध में विजय दिलाने वाला भारत का ब्रह्मास्त्र है